आज की वीडियो में मटमांस दिखाने वाली हूँ सो इट्स अ फेमस मटमांस एंड वेरी वेरी वेरी ईजी मटमांस जैसे कि आ, बस टू इनग्रीडियंट से आज हमारे वीडियो में मटमांस देखने वाले हैं एंड इस समर में ए मटमांस तो बहुत बेनिफिशियल है नॉट ओनली फॉर योर स्किन एंड इट्स फॉर योर हेयर ऑय्स सो so, इस मटवास को आपको वीकली वंस यूज़ करने हैं। श्योर sure, वीकली वंस यूज़ करने से आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देख सकते हो आपके हेयर पे एंड आपके बॉडी अब तो क्या करनी है बस थोड़ी सी दही लेनी है कर और उसको अच्छी तरीके से मिक्सी में डाल सकते हो वहाँ पर थोड़े से पानी डाल के उसको बटर मिल्क बनानी है उस बटर मिल्क में बटर मिल्क में, में मैं रही हूँ थ्री टेबल स्पूंस ऑफ मुल्तानी मिट्टी मुल्तानी मिट्टी को अच्छे तरीके से मिक्स करनी है मैं यहाँ पे ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ आपको चाहिए तो ब्रश अप्लाई कर सकते हो या आपके हाथों से भी अप्लाई कर सकते हो जैसा मैं दिखा रही हूँ स्कैल्प पे अप्लाई करनी है लेंस पे अप्लाई करनी है सब जगह अप्लाई करनी है नो no इश्यूज स्कैल्प पर अप्लाई करने से आपके स्कैल पर जो भी डर्ट होता है सब कुछ निकल जाएगा एंड फेस uh, पर मैं फेस पर जैसा अंडर uh, आई भी यूज कर रही हूँ आईब्रोज पे भी यूज़ कर रही हूँ जहाँ पे चाहिए आप वहाँ भी यूज़ कर सकते हो होल बॉडी यूज़ कर सकते हो दिस मटन इट्स नो साइड एफेक्ट सोली आर यूजिंग टू इन्ग्रीडियंट्स इन दिस ओके सो ए मर्टैग से आपके स्कै बहुत ही ज़्यादा क्लीन होगा जैसा हेयर फॉल को प्रॉब्लम यही स्कै डर्टी होने से हेयर फॉल ज़्यादा होगा सो so, इसलिए इस मर्टैग डालने से आपकी स्कै क्लीन हो जाएगा तो हेयर फॉल प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा और डैंड्रॉक भी क्लियर हो जाएगा और आप देख सकते हो हेयर तो so, इस पैक को आप वीकली वंस यूज़ करनी है वीकली वंस यूज करने से आपके स्किन पे जो भी डार्क स्पॉट्स होते हैं सब कुछ धीरे धीरे निकल जाएगा और ये पैक यूज़ करने से आपके स्किन पर जो भी डेड स्किन होता है वो सब कुछ निकला जाएगा और उसके साथ साथ जो भी मार्क्स, ब्लैक स्पॉट्स सब कुछ you can see uh results after using list trust me ऑयली हेयर पर नहीं डालनी है बस आपको है आपको है वॉश करनी है और उसके बाद मटपैक डालनी है हेयर पर एंड मटपैक ड्राई होने के बाद उसको शैम्पू से वॉश करनी है नॉर्मल वाटर से नहीं वॉश करनी है शैम्पू से वॉश करनी है क्योंकि नॉर्मल वाटर से वॉश करेंगे तो आपको जो पार्टिकल्स रहेगा स्कैल पर वो ऐसे ही छिप के रहेगा तो इसलिए शैम्पू ज़रूर करना सो थैंकू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इफ़ यू आर नॉट इट सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड द बेलाइकॉन प्रेस करना ताकि मेरे सारे वीडियोज़ आपके नोटिफिकेशन में आ जाए एंड लाइक माई वीडियो शेयर माई वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय बाय